Allah मुझे दर्द के काबिल बना दिया तूफान ही कश्ती का साहिल बना दिया बेचनिया समेट के सारा जवान की तब कुछ न सका का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 लातूर, धनंजय लातूर, धनंजय लातूर लातूर, धनंजय लातूर, धनंजय लातूर